गुड आफ्टरनून साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका सिविल्स ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन पर और जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी ही कि प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है ऑफिशियल और उस पर सात दिन के लिए आपत्ति मांगी गई है जिन जिन क्वेश्चंस पे कोई ऑब्जेक्शन है वो और सात दिन बाद जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में मीन्स आपत्तियों पर विचार करने के बाद संभावना है कि वो देखने को मिल जाएगी तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे यूट्यूब्स ने अपनी अपनी आंसर की जारी किया था और उसमें थोड़ा बहुत या फिर कह लें कि लगभग 10 क्वेश्चन के राउंड भी आपको कहीं ना कहीं किसी किसी आंसर की में फ़र्क देखने को मिलेगा तो इस हिसाब से जिन्होंने भी आ, पहले आंसर की मिलाया था फिर उसके बाद ऑफिसियल आंसर की मिलाया हालाँकि ऑफिस जो प्रोविजनल आंसर किया है इसमें भी कुछ परिवर्तन होने के चांसेज़ हैं और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन कु तो हैं ऐसे कि जिन पर होने के पूरे आसार है तो जो मार्क्स हैं वो चेंज हुए हैं और इसके लिए हमने एक पोल क्रिएट किया है टेलीग्राम चैनल पर अपने उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपसे रिक्वेस्ट है कि आ, आप उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए कि आपको प्रोविजनल आंसर की मिलाने के बाद आपके जो स्कोर हो रहे हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं तो इससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा एक प्रॉपर डेटा आने के बाद कि ऑलमोस्ट कितने के राउंड रह सकती इस बाग की कट ऑफ क्योंकि पेपर का लेबल और बाकी हर चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है बस कुछ अगर बचा है तो वो है पोल का प्रोडक्शन मीन्स कट ऑफ प्रोडक्शन कितनी जा सकती है लास्ट ईयर से कम या लास्ट ईयर के बराबर या फिर कुछ कैसे क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है जो आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें कितने कैंडिडेट्स कि कितने मार्क्स सही हो रहे हैं कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं इन सब चीज़ों से एक अनुमान लगाया जाना संभव होगा तो अगेन रिक्वेस्ट है पोल में पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से जाके विज़िट कर लीजिए धन्यवाद